बाबाजी जय जी माता जी की जय बाबाजी जय माता जी की जय सिया माता जी की जय श्री दुनिया हम की माता जी की जय श्री कैलाश धाम की जय श्री नालों धाम की जय श्री करवी धाम की जय नमस्ते धाम की जय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 It is <tries> your uncle. Mom.